छांसी आपको भी चाहिए मुझे भी चाहिए फर्क सिर्फ इतना है कि आपको लोगों पर राज करना है और मुझे अपनों की सेवा करना है